गोल्डन वर्ग्स बाई सा गुरुजी। जी तो ती लोग करोड़ा रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर न सजा लें तो की पता ओ तो नेगेटिविटी दे रही है गुरुजी कहते हैं आप सब करोड़ों रुपये खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स को लेके आते हो तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटिंग की जो भी कोई पेंटर जिसने बनाई है उसकी नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो मैंने गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स ख़रीद सकूँ तो उन्होंने वही कहा जो हमेशा कहते हैं ओहो मैं आम बात कर रहा